Surprise! Oh my God! Wow! I love you, guys. What's up? Hi, my name is Kinat, and welcome back to my YouTube channel. Videos are going to be released. Before that, I want to request you that you should subscribe to my channel. Subscribe here. Subscribe. Click the bell icon. Click the bell icon. This is the first time. This is the first time. This is the first time. This is the first time. This is the first time. This is the first time. This is the first time. This is the first time. This is the first time. This is the first time. This is the first time. This is the first time. दूर इसका इसका जो जो जो है है है वो खाएंगे। स्वाद बहुत बहुत कड़वा है म्यूजिक तो <laughs> <देख देख laughs> <देख। laughs> अभी अभी मुझे बोल देना पे पानी बहुत कम है है और की नमस्कार नमस्कार नमस्कार विशाल ये राजा छेत्री हाय बोलो बेटा हाय बाय तो हम लोग एक बहुत और और गाड़ी तो अगर कहीं कुछ मिल जाए आ, दूर दूर तक यहाँ पे कोई भी आदमी नहीं गया, गया, गया। तो है अनफॉर्चुनेटली आपको शायद दिख रहा होगा कोई वेलकम टू खाना पारा वाटरफॉल खाना पारा वाटर वाटरफॉल नमस्कार करता हूँ देवी और सज्जनों मेरे कई वीडियो कई सारे लोगों ने शेयर किए हैं कमेंट्स देते हैं लाइक करते हैं उन सबको मैं तय दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सब लोगों को रिक्वेस्ट है कि प्लीज कॉमेंट जरूर गया